आ आए गानी सब तो प्यार ग Oh, oh, oh. जोना तो के खोजोना तो खोजे मांगे आए जानी मंगार के आए जानी के के खोज Oh, dear life.